चलो आज भी फिर से एक बार दो लाइने रैप सॉन्ग की अख तेरी दिल की चाबी हंस गई तो फिर बर्बादी अख तेरी दिल की चाबी हंस गई तो फिर बर्बादी रो रोक करते हैं लड़के का चलो भाई लो, लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना अच्छा लगा तो यार नहीं तो चलो, चलो, चलो चलते रहता है